आइए मेरे श्रोता बंधुओं गौर करते हैं इस बारा मसी में सप्ताह की बैठक होती है और सप्ताह के जो सात बेटा होते हैं तो सोमवार मंगल बोध विश्वास सुख शनिचर अपनी अपनी बात सभा में रखते हैं किस प्रकार आप सुनेंगे एमपीआई स्टूडियो के माध्यम से आरे कदिना की बात तो बैचन में मिलजुल कर पाते रामवीर इतवार की बात सुनते ही सोमवार सवा में बोल उठे दर्शन भैया का बोले आरे सोने की बात सवा में तुमर बोले ही आरे सवा में तुमार बोले अब नई जन्मे बार सुमित बिरंगा हो की बात सुन सुनी सोमवार की बात सुनी मंगल भैया जिसपाल बोले अरे तवर सुमार की बात सुनी तब मंगल भैया ने मंगल जो संग लगाई तुम संगी जा भैया रामीर मार मंगल की बात सुनकर बुधवार में स्वामी बोलूठे कहा बोले अरे सुनि मंगल की बात है कब दबार में बोले बिना सोमिति मंगल के बिना अब पोतिकार हो बुधवार भैया कहने लगे भैया जहां मंगल नहीं है समित नहीं है ऐतवार नहीं है तो बुद्ध कहां से आएगी भैया मैं भी आपके साथ इस दुनिया से विदा लेने वाले हैं गुरुवार बोलने लगे आरे बर सवा में बोलो ठे अब हमें भी नहीं रहना आ सवा में हमें भी नहीं रहना अब बिना वोट के गुरुओं का सम्मान नहीं रहेना सही बात सुनी सवाल भैया शुक्रवार ने पड़े सभा में को नहीं सम्मान सुख बाओ पर भाई अब तो तुम संग भैया चले खबर नैनकींगे भैया की बाड़ी को शनिवार भैया ने सुनी तो क्रोध करके बोलने लगे दे सन भैया अरे सोने भैया की पाते अरे सोने सैन की बात पाते में तने बोले ही आरे तुम तो मन में मती कबरा कबरे हम आए न से मिले पर कुछ बाबोई अब और बोले शनिवार भैया आ रे पर के तिर पे होता बाहर तिल